नारे नारे रिशानत, नारे रिशानत, तबीर, नारे तबीर, नारे उसने उसने मदीने की वो है तुम्हारी फकीर देख कर आया है मक्के गए तो मक्का भी बड़ा खूबसूरत था मगर जब मक्के से मक्के का मदीने का सफर किया और मदीने की जब गलिया देखी तो मक्के से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था शेर तो मदीना, मदीना, मदीना, मदीना मदीना मदीना मदीना मदीना वो प्यारा मदीना चलो चल के देखे कि चमक तुझे पा चम चमक और बरसता नहीं देख रहे पर भी बरसात बरसा, थी बरसा। के के के लिए दुआ कर रहे हैं कि मदीने के खेते खुदा तो मदीने को तो को रखे, रखे। मदीले फुटाल को मदीले फुटोरा मदीना, मदीना, मदीना।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 चल के देखे च़ड़ के चलो जम्हात में आने वाले हैं थोड़ी देर हमारे इमाम साहब गुफग करेंगे उसके बाद इन शो इंतजार है बेताबी के साथ वो आपके सामने आएंगे